चै ता चेता शिव शिवजी का बागवान सची फूल फूल्या चना अरे फूल फूलिया समाधान झा मारी तेरी छुम छुमा जी ली तू ताली तू ताही तुम लेकर बहुत खूबसूरत